अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए निन्यानवे प्रतिशत लोग इसका जवाब नहीं दे पाए आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बारह ऑप्शन बी पंद्रह ऑप्शन सी पच्चीस या ऑप्शन डी सताईस देखते हैं कि कितने लोग इसका सही सही जवाब दे पाते हैं आप अपना जवाब